आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता आगरा पुलिस ने अपहरण कांड का किया खुलासा कपत को पुलिस ने सकुशल किया बरामद अपहरणकर्ताओं ने परिवार से पंद्रह लाख रुपए की मांग की थी फिरौती पुलिस ने बारह घंटे में पूरी घटनाक्रम का किया खुलासा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार कब्जे से एक तमंचा दो जिंदा कारतूस एक मोटरसाइकिल और पचास हजार रूपए बरामद पीड़ित और किडनेपर के बीच पैसों के लेन देन का था मामला राजस्थान धौलपुर के बॉर्डर ऐसी पुलिस ने युवक को किया बरामद थाना इरादत नगर क्षेत्र का था मामला एसपी बेस्ट सत्यजीत गुप्ता ने दी जानकारी दिनांक दो मई दो हजार बाईस को एक लड़का है 16-17 साल का रोहित नाम का रात के 10-11 बजे इसका किडनेप हो जाता है रात रात में ही 3 से 4 के बीच में इसके भाई के पास फोन आता है फ़ोन पे रैनसम की डिमांड की जाती है 15 लाख की डिमांड की जाती है और बताया था है कि अगर ये 15 लाख नहीं दिए तो इसके भाई को नुकसान किया जाएगा इसके भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी पुलिस पुलिस उन्होंने एक तहरीर भी दी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हो गया जिस फ़ोन से अभियुक्तों ने फ़ोन फ़ोन करके भाई से रैनसम मांगा था और धमकी दी थी उस फ़ोन को फिर ट्रेस किया गया सर्विलांस की मदद ली गई दो तीन नए नंबर भी उसमें आए नंबरों के माध्यम से जो अभियुक्त हैं इनको राजस्थान बॉर्डर जो कि पार्वती नदी के पास में है वहां से अभियुक्तों को पकड़ा गया इन अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अपरहित है रोहित इसको इसकी सकुशल बरामदगी की गई इसने बताया कि इसके साथ मारपीट की गई बेल्ट से इसको मारा गया था और नाखून उखाड़ने की धमकी भी दी थी फिलहाल रोहित अभी जो है बहुत सही कंडीशन में है जो मारपीट के हैं उसके हम मेडिकल करवा रहे हैं जो अभियुक्त हैं जिन्होंने इसका किडनैप किया था उनको पकड़ लिया गया है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो पूरी कार्रवाई है इसमें सीओ ओ खेरागढ़ महेश ने काफ़ी बढ़िया काम किया है पूरे दिन और रात में लग के इन्होंने जो अपरहित है इसकी सकुशल बरामदगी और साथ में साथ जो अभियुक्त हैं इनको इनकी गिरफ्तारी उन्होंने खुद सुनिश्चित की है सी ओ साहब उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें जो प्रारंभिक हमने जांच जो जानकारी की है वो जानकारी में ये आया है कि जो पंद्रह लाख की इसने जो रैनसम जो डिमांड की थी संभवतः इनका कुछ पैसे का लेन देन था पुराना लेन देन था जिसके संबंध में इन्होंने इसको किडनैप किया और वो पैसे की रैनसम डिमांड की थी ही हैं हाँ जो अपराहित ने हमें बताया कि इस ये डेढ़ दो साल पहले से इनको जानता है संभवतः कुछ इनका व्यापार भी आपस में हुआ है सोलह सत्रह साल का लड़का है व्यापार हुआ है नहीं हुआ है इसकी अभी पुष्टि में नहीं कर सकता लेकिन उसने ऐसा बताया है कि पहले से कुछ इनका चीनी का व्यापार भी हुआ है पैसे का लेन देन हुआ है और इसी के चलते ये पंद्रह लाख रुपए की इसने डिमांड किडनेपिंग और ये डिमांड रखी है क्या घटनाक्रम बताया भारत ने किस तरीके से राधे तीन चार बजे इसको बुलाया फिर कहाँ ले गए पुलिस कहाँ से इसको बरामद करते हैं जैसा मैंने बताया कि दिनांक 2 मई 2022 को रात्रि में 10 से 11 के बीच में अपरहित को किडनैप किया गया किडनैप करने के बाद इसको कई जगह ये लोग लेके गए मथुरा ले गए शायद संबोता भरतपुर के बॉर्डर पर भी ले गए फिर लास्ट में जब हमने इसको बरामद किया राजस्थान बॉर्डर से पार्वती नदी के पास तो ये जो थाना क्षेत्र विराटनगर है यहाँ से बरामद हुआ जो बरामदगी जो लड़के की बरामदगी हुई है वो सगुसल हुई है जो मार्केट के निशान है उसका हम मिट्टी करा रहे हैं रोहित पूरी घटना बताओ कैसे कैसे इन्होंने तुम्हें ब्लाक किडनैप करके ले गए सर मैं मैं अपनी दोस्त की सिस्टर के साथ मोड़ पर और पेदल -पेदल आ रहा था तो बोलो तो फिर कैसे मुझे पकड़ लिया और पता नहीं दो तीन जगह बदलते रहे और फोन करवाते रहे पैसे मंगा पैसे मंगा बस यही फिर में एक डेढ़ का समथिंग मेरे पास पुलिस पहुँच गई पैसे का लेन देन भी था पुराना नहीं लेन पैसे पैसे कितने लोग थे ये देख, तो तो जब मैं पकड़ा था ये चार पांच लोग थे एक साथ ले